Yeah yeah yeah. Buyzin in the building, bitch. Zero five. Yeah, yeah yo. No. आज 354 लड़के बाइक पे सवा शेर हम शेर बिना पछाई में मालिकाए देखी ना अब उसका नाइस है लूज स्ट्रीट पैलेडाइट कर रहे उसको नाइट में और फ्रेश करना माल पीओ ऐश करो थोड़ा सा कैश भरो थोड़ा सा कैश भरो तेजल बट में स्टीम में बैसन भी पहले बस स्टार्ट करे करके ना टेंशन ली जो भी सी का जो भी बनाए द सपनों से मैं बस तुम से हूं तुम और साथ सपनों के जिसे मैं नींद है वो जिम्मेदारी बहुत गाने बने करे ड्रॉप मैं नहीं चलता तेरे चंदों पे आज भी हेडफोन पे बजता लायन ज़ोंबी देले yrb currency do bhi bhajan se sikha unka naam re baba ve thoda jaan lena baba kitna genuine honestly i don't fuck with these rappers break kar ye fail lage mendacious rappers muzi ho rappers bollywood actors why black kare saale chindi chor rappers मैच नहीं है यूजी में। है। चोरी सस्ती है कहीं अब मौज है कहीं अब मस्ती है मेरी मोनोपोली ड्रिल में बर्फ की सिली है दफा, दफा करूं, में और मेरी मैंस मेरे भाई, मेरी जान बने। वही लिखा छह साल बाद गेम का मैं बाप मेरे दिल पे पहला नाम जीरो पांच मेरा हुआ मेरी जान मेरी खास मेरी माल हाँ करे आज पूछे लिखते करते क्या मौज मस्ती करनी आती मुझको आज एजेंसी Dekhta sa rat ban fee tujhme darr raha hai ke sense it left you bloody jese senseless mula bani like a jency dekhta sa rat ban fee tujhme darr raha hai ke sense it left you bloody jese senseless